हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। दुनिया के आप पहले बाप होगे जो अपनी बेटी को इस तरह से ठग रहे हो आपकी उनकी पैसों पे नजर है तो आरके की बीवी को खुद फसा लीजिए मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे आइंदा मुझे अपनी परी मत बोलना ओके मंगनी हुई है तो मुंह तो मिठा करवाइए मैडम बंटू मैम कोई राजन ऐसी ये वही राजेगा बंटू तुम ढिंडोरा पीटना बंद करोगे अच्छा मैडम सॉरी मुबारक हो सर हेलो हाय हीरो लगता है ये लड़की कौन है अभी पूछता अभी रुक तेरा कोई भरोसा नहीं आ जा मुझे उसकी बहन लगती है किस इस तरह से झूरी है एक्स गर्लफ्रेंड लगती है होने वाले बीवी से मिलवा तो क्या कॉफी कॉफी अब ये नहीं पीते ओ, दो चाय मुझे चाय पसंद नहीं है एक कॉफी एक चाय मम्मी ने भेजा है बोला है कि देख रहा हूँ हमें मम्मी ने भेजा है आई I मीन mean, मेरी आंटी ने आ, मैं यही कह रहा था वान, वान वोई वोई। ये लल्लू तो माँ के पल्लू से बंधा है बंटू मैडम चाबी भरने पे बंदर भी खुद बोलता है इसने तो उसके लिए भी एक लड़की रखी है मैडम कुछ सुनाई दे रहा है क्या पता नहीं है सुहागरात में और किस किस को मदद के लिए लाएगा <laughs> डबल नेट ट्रिपल मुबारक। <laughs> लाइफ होने वाली और तुम मेरा मजाक मजाक मजाक मजाक बना रहे हो। में सगाई की आपने आपने मैंने बनाया या आपने बनाया? या <laughs> तो मिनट में अंदर आओ और मीटिंग का छोटा बहाना बना के इनसे छुटकारा दिलवाओ <laughs> तो फिर मत करना दो तो मिनट में अंदर आ जाना या कमिंग माँ मा की साड़ी तुम्हें पहननी होगी उनकी पहनी मैं क्यों पहनू पहनी हुई नहीं, नई साड़ी है शगुन है हाँ शगुन है ओ मैडम शेखर सर को बात करनी है yeah, come please. रविंद्र सर को भी बताओ आ, क्या आ, हुआ सॉरी फॉरप्शन मैडम आपकी टूरिज्म की मीटिंग है <laughs> बहुत बिजी हूँ कब है आ, एक घंटे में मैडम ओ जाना होगा जल्दी क्या है बहुत टाइम है बैठो ट्रैफिक बहुत है तैयारी भी तो करनी है बहुत जरूरी मीटिंग है सही कहा उनका ऑफिस कहाँ 40 किलोमीटर एग्जैक्टली कहाँ है वो अपना बड़ा वाला ब्रिज ब्रिज है ना हाँ। से लेफ्ट लेके हाँ, के ब्रिज आ... ब्रिज के नीचे चादर बिछा मैडम ने कहा की झूठ बोलना है आपने कहा की आपको बहुत एक्सपीरियंस है और फिर सारा रायता फैला दिया हमने मैडम झूठ बोलना मुझसे नहीं होगा रविंद्र सर मैंने आपसे कहा था ना मुझे नहीं कहा आप याद कीजिएगा एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ये तो शायद मुझे जाना चाहिए हाँ मैडम मैडम कोई कई सही छुटकारा तो मिल गया ना क्या सोच के तो तो बोला बोला ये ये किसका जल्दी बोलो! जल्दी बोलिए वरना बैठ नहीं पाऊंगा टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन वालों को मीटिंग करनी है कितने बजे एक घंटे में सच की जीत हुई